हाय माय डियर फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल पड़ता तो अच्छा है जो सभी को खुश करने में लगे रहते हैं अंत में अपने आप को अकेला ही पाते हैं अकेले रोना इंसान को बेहिसाब मजबूत बना देता है जिंदगी का एक मंत्र याद कर लो मैं तब तक कोशिश करूंगा जब तक मैं जीत नहीं जाता हमेशा ये सोचकर चलना मैं हमेशा हारा हूँ पर जन्मा केवल जीत के लिए हूँ यदि आप उड़ नहीं सकते तो दौड़ो यदि आप दौड़ नहीं सकते तो चलो यदि चल भी नहीं सकते तो रंगते हुए चलो लेकिन चलो कोई भी परमानेंट साथ देने वाला नहीं आता अगर जिंदगी में आगे बढ़ना है तो अकेले चलना सीख लो अगर आप सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह जलो हाय भी करेंगे हेलो भी करेंगे तुम एक बार पैसे तो कमा लो आज इग्नोर करने वाले तुम्हें फॉलो भी करेंगे खुशी के लिए काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी लेकिन खुश होकर काम करोगे तो खुशी और सफलता दोनों मिलेगी खुद को हमेशा सोने की तरह बनाइए जो नाली में भी गिर जाए लेकिन उसकी कीमत कभी कम नहीं होती मिली है जिंदगी तो मिसाल बनकर दिखाइए वरना इतिहास के पन्ने आजकल रिश्वत देकर भी छपते हैं किसी की सलाह से रास्ते जरूर मिलते हैं पर मंजिल तो खुद की मेहनत से ही मिलती है सफलता की सबसे खास बात यह है कि पसीना बहाने वालों पर अपनी जान लुटाती है बिना लक्ष्य के बिना गोल के आपका जीवन खाली है यह लक्ष्य ही है जो आपके जीवन को मतलब देता है मुश्किल वक्त हमारे आईने की तरह होता है जो हमारी क्षमताओं को सही कराता है। हमेशा अपने आप से ये बोलो थोड़ा वक्त जरूर लगेगा, क्योंकि अपनी कहानी मैं खुद लिख रहा हूँ so अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसे ही डेली मोटिवेशन के लिए और इस वीडियो को लाइक करें हमारे मोटिवेशन के लिए और इस वीडियो में सबसे अच्छा कॉट्स आपको कौन सा लगा है वो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और अपने फ्रेंडों को भी जरूर शेयर करें सो so गाइस मिलते हैं अगले वीडियो में हैव अ गुड है